पानी गुडीनी गुदा हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम प्रशांत आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम कैसे 3x3 का रुबी क्यूब इस रुबी क्यूब को सॉल्व करने में ओनली 15 मिनट्स लगेगी और 15 मिनट्स में ओनली हम इस रुबी क्यूब को लेयर बाय लेयर्स सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करने।, करने के लिए हमको ओनली चार फॉर्मूलेस को लर्न करना होगा फॉर्मूलेस को लर्न करते ही हमारा रुबी क्यूब सॉल्व होते-होते चला जाएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपके कोई भी कमेंट्स मेरी वीडियो पर नहीं कर कैसे हम वीडियो को कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कैसे भी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा मैं आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हेलो फ्रेंड्स so, आप लोग क्यूब को तो जानते ही होंगे अब आप आपको हम क्यूब सोल्व करना सिखाते हैं क्यूब uh, ये होता है ये मेरा वन uh, का क्यूब था थ्री इंटू थ्री का और आप इसको देखिएगा ये ऐसे कुछ कलर का आता है इसमें है ब्लू कलर ऑरेंज ग्रीन रेड एंड येलो एंड वाइट अब हमको क्यूब सॉल्व करने से पहले हमको उसके लेबल्स का पता होना चाहिए उसके लेबल्स क्या होते हैं उसके लेबल्स चार होते हैं है। सबसे पहले होता है कि उसमें एच पीसेस क्या होता उसमें क्या है उसमें कॉर्नर uh, पीसेस क्या होते हैं उसमें सेंटर पीस क्या होते हैं उसकी लेयर्स क्या होती हैं अब लेयर्स जो भी हम इसमें आप कंप्लीट क्यूब देख लीजिएगा कम्प्लीट क्यूब ये रहा अब हम बात करते हैं लेयर्स की हमारी लेयर्स क्या होती हैं कि जो भी हम इसमें रोटेट कर पाते हैं जैसे ये ठीक है जैसे ये जैसे ये जो भी हम इसमें रोटेट कर पाते हैं जितनी भी लेयर्स इसमें घूमती हैं सब लेयर्स होती हैं अब बात करते हैं वट इज़ द एच देखिए ये सब हमारी लेयर्स होती हैं जितनी भी हम रोटेट कर पा रहे हैं जितनी भी इसमें घूमती हैं सब हमारी जो होती है लेयर्स होती हैं अब हम बात करते हैं एच की एच होते हैं हमारे दो कलर के सबसे पहले सेंटर पीस सेंटर पीस होते हैं हमारे ये जो एकदम से चार बाउंड्री के एकदम बीच में होते हैं सेंटर पीस ये रहा है सेंटर पीस एक सेंटर पीस ये रहा ऑरेंज ग्रीन रेड एंड ब्लू येल्लो एंड वाइट तो ये हमारे सब सेंटर पीस होते हैं हम बात करते हैं हम एच की एच होते हैं हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एच होते हैं हमारे दो कलर के जैसे हो गया औरेंज और यहाँ पर येल्लो है यहाँ पर वाइट एंड रेड है ऑरेंज है इधर ऑरेंज एंड ब्लू है ये सब हमारे एच पी सीज होते हैं जो इसके एकदम से साइड में होते हैं इसे स्क्वायर ये जो सेंटर पीस होता है इसके एकदम से साइड में जो होते हैं वो सब उसके एच पी सीज होते हैं अब ये रहे हमारे कॉर्नर्स और एच पी सीज आप समझ लीजिएगा कि दो कलर के जितने भी होते हैं ये बीच में ये सब हमारे एच पी होते हैं ये औरज एंड वाइट येलो एंड रेड ब्लू एंड रेड ग्रीन एंड रेड ये सब हमारे एच पीसे होते हैं हम बात करते हैं कॉर्नर पीसेस की कॉर्नर पीसेस हमारे ये जो कोने में होते हैं इनको हम कॉर्नर पीसेस बोलते हैं और ये कॉर्नर पीस हमारे तीन कलर के होते हैं जैसे कि ये है ब्लू रेड वाइट ये है हमारा येलो, ऑरेंज एंड ब्लू ये सब हमारे एच कॉर्नर पीसेस होते हैं अब हम स्टार्ट करने के लिए हमको इन पीसेस को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले हम यूब को लेयर बाइज लेयर सॉल्व करते हैं जैसे कि फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर इट इज़ अ टॉप लेयर इट इज़ अ मिडल लेयर एंड इट इज अ बॉटम लेयर इसको हम ये तीन लेकर बोलते हैं सबसे पहले हमको क्या करना होगा Cube को solve करने के लिए हमको सबसे पहले white center piece ढूंढना होगा White center piece हमेशा जितने भी center piece है जैसे कि green, yellow, white, orange, blue ये सब center piece आपस में fixed होते हैं जैसे कि white center piece को अगर हम bottom में रखते हो तो हमेशा व्हाइट सेंटर पीस के ऊपर येलो सेंटर पीस आएगा ग्रीन सेंटर पीस के इधर ब्लू सेंटर पीस हमेशा से चाहें वो उसको कैसे भी करते हैं लेकिन जहाँ पर ग्रीन सेंटर पीस होगा उसके एकदम से ऊपर साइड में ब्लू सेंटर पीस ही आएगा देखते हैं ग्रीन सेंटर पीस कहाँ पर है ग्रीन सेंटर पीस यहाँ पर है हमेशा इसके एक बॉटम में ब्लू सेंटर पीस आएगा तो ये जो सेंटर पीस होते हैं ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं अब हम व्हाइट सेंटर पीस को क्यों ढूंढते हैं आप रीज़न उसका बाद में पता लग जाएगा व्हाइट सेंटर पीस हमसे हमको क्यूब सॉल्व करना बहुत ही ईजी जाता है इस वजह से हम व्हाइट सेंटर पीस को ढूंढते हैं वाइट सेंटर पीस को हमको रखना है बॉटम में सबसे पहले हमें क्या करना है हमें व्हाइट के ऐसे एच पीसेस को ढूंढना है यानी कि ऐसे वाले एच पीसेस को जो दो दो कलर के हों ऐसे वाइट एच पीसेस को ढूंढना है चलिए ढूंढते हैं एक एरा एक एरा एक एरा और एक एरा ये हमारे चार एच पीसेस मिल गए हैं आप हमको क्या करना है इस येलो की जो ये चार साइड है वन टू थ्री फोर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन एच पीसेस को हमको लाना है फर्स्ट तो यहाँ पर फिक्स्ड है सेकेंड को हम कैसे लाएंगे ये यह यहाँ पर है तो डोंट वरी हमको क्या करना है इसको ऐसे टर्न कर दीजिए ऐसे टर्न कर दीजिए जहाँ पर भी वो मतलब एक कंडीशन हो कि या तो वो यहाँ पर हो या वो यहाँ पर हो कहीं पे भी ऐसे टर्न कर दीजिए कहीं पे भी वो साइड ऑफिस आपको सिर्फ यहाँ पर लाने हैं वो अब बात करते हैं कि भाई इसको हम यहाँ पर कैसे लाएं इसको लाने के लिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये नहीं आता है या तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आना चाहिए ये तो यहाँ पर आना चाहिए ताकि हम इसको ऐसे टर्न कर दें तो हम इसको यहाँ पर लाते हैं कैसे इसको जो है आप लेकर यहाँ पैसे टर्न कर दीजिए ठीक है दैन इसको आप एक बार ऐसे रोटेट कर दीजिए इसको बैक लाइए कैसे भी कर दीजिए इसको ऐसे लाके, ये बीच में आ चुका है ऐसे ही हमारा इसको हमको यहाँ पर लाना है कैसे ये यहाँ पर आ सकता है ताकि हम इसको ऐसे रोटेट कर दें तो ये यह यहाँ पर है इसको यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे टर्न कर दीजिए और यहाँ पर हमें सिर्फ कॉर्नर पीस को कुछ ध्यान नहीं देना है कुछ भी ना है हमें सेंटर पीस को ध्यान देना है सिर्फ येलो सेंटर पीस को हमें ऊपर रखना है और वाइट सेंटर पीस को नीचे रखना है तो ये हम का एक क्रॉस बन गया हमको इन कॉर्नर पीस को कुछ भी ध्यान नहीं देना है अब हमें क्या करना है कि जो येल्लो के बराबर में जो व्हाइट सेंटर वाइट एच पीसीज हैं इनकी जो एडजन समझते हो कि उसके एकदम से जैसे कि ये है इसके बगल में जो यहाँ पर के <deaf> बगल में इधर बगल में तो ये सब जो है एडजन इसको बोलते हैं तो इसके जो व्हाइट है इसके एडजन जो कलर है इसका कलर है रेड और इस वाइट का एडजन कलर है ग्रीन इसके एडजशन कलर है ऑरेंज और इसका एडजस्टन कलर है ब्लू तो हमको इसके जो एडज कलर हैं ये जितने भी हैं इनको इनके सेंटर पीस से, जैसे कि यहाँ का ब्लू होता तो ये हमारा काम हो जाता हमको इसको इस कलर को इसके सेंटर पीस से मैच कराना है इसके सेंटर पीस के कलर से तो इसको मैच कराते हैं ब्लू कलर को क्या यहाँ पर मैच हो रहा है जी हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे मैच हो रहा है तो हमको क्या करना है नॉर्मली हम इसको इसको ऐसे नहीं टर्न करना है हमको क्या करना है इसको ऐसे होल्ड करके इस साइड में इसको नीचे टर्न कर दीजिए व्हाइट के वाइट के पास उसको पहुँचा दीजिए देन फिर से हमें ऐसे ये ऑरेंज भी ऑलरेडी मैच है पिटिकोल इसको भी इस साइड से ऐसे करके इसको नीचे टर्न कर दीजिए अब ग्रीन भी ऑलरेडी मैच है अगर मैच नहीं है तो आपको ये मैच करना पड़ेगा मेरे में ऑलरेडी मैच हो चुके हैं इसको ऐसेप करके फिर टर्न कर दीजिए और ये रेड है ऑलरेडी इसको भी ऐसे करके टर्न कर दीजिए तो नीचे देखिए एक हमारा परफेक्ट जो है वाइट क्रॉस बन गया है हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा एक परफेक्ट वाइट क्रॉस बना है हम पता लगाएंगे अपने ऐसे कि, कि जो हमारा ये क्रॉस बना है इसके जितने भी एच पीसीज हैं ये जो जो जो जो जो इनके एडेसेंट कलर हैं वो अपने सेंटर पीस से मैच कर रहे होंगे जैसे कि ये ऑरेंज अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है ब्लू अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है रेड भी अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है और ग्रीन भी भले हमको इसको नहीं ध्यान देना है अभी हम फर्स्ट लेयर को तैयार कर रहे हैं फर्स्ट लेयर कि बॉटम लेयर को हम तैयार कर रहे हैं अब हमें क्या करना है अब हमने पीसेज तो सब मैच करा दिए हैं हमको सेंटर पीस को कहीं भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है ठीक है और इसका साइड हमेशा ये ऐसे बना कर रखना है अब हमें इस पेस को नीचे और ये सेंटर पीस को ऊपर रखना है अब हमें क्या करना है जनरली हमको अब जो है कॉर्नर्स को अप करना है क्योंकि हमने एच पी से जो तो सेंटर को फिक्सअप कर दिया उसकी पोजिशन पर हमें कॉर्नर्स को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा कॉर्नर्स को हमको या तो ये इधर साइड होना चाहिए या इधर साइड होना चाहिए इस दोनों साइड में होना चाहिए तभी हम कॉर्नर्स को उसके करेक्ट पोजीशन हाँ पर यानी कि यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं तो अब हमारे सारे कॉर्नर्स ऊपर लेयर पर हैं तो वो एक अनकंडीशनल केस है सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कोई कॉर्नर्स हमारा नहीं है लेकिन अनबैड लक तो हमको कोई भी ऐसा पीस नहीं मिला कोई बात नहीं इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं हमको सिर्फ जनरली क्या करना है कि खाली कॉर्नर्स के ऊपर जैसे कि ये खाली कॉर्नर है इसके ऊपर जो व्हाइट सेंटर पीस आ है इसको क्या करना है इस साइड या इस साइड में लाने के लिए इसको इसके सामने एकदम से दो साइड ब्लॉक पर इसको टर्न अप कर दीजिए देन इसको उस साइड में दो बार रोटेट कर दीजिए और फिर इसको बैक ला दीजिए तो ये इस साइड में आ गया है इस साइड में ये फेस हो गया है यानी कि हमने कहा था कि आप भैया आपने तो कहा था कि इस साइड या इस साइड में आना चाहिए तो भैया आप ये भी तो देखो तो ये इस साइड इस साइड में ही फेस कर रहा है अब इसको हमको क्या करना है अब हमने बताया कि इसके जो कॉर्नर पीस है कॉर्नर पीस के तीन कलर होते हैं तो वाइट रेड और ब्लू तो रेड और ब्लू जो है हमको रेड और ब्लू के ये बीच में वाइट सेंटर पीस को लाना है यानी कि ये जो जो भी कलर इस कॉर्नर पीस के ऊपर होंगे दो अलग कलर वो जैसे कि ये सेंटर पीस है और जैसे कि ये सेंटर पीस है इन दोनों के यहाँ पर वो बीच में आना चाहिए यानी कि वो वाइट यहाँ पर बीच में आना चाहिए या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर लेकिन जो कलर इसके दोनों ऊपर हैं वो इस यहाँ पर दोनों होने वो चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे कि रेड और ब्लू इसमें यहाँ पर है रेड जरूरी यहाँ पर हो ब्लू जरूरी यहाँ पर हो कुछ भी हो सकता है बट अगर इस पर रेड ब्लू कलर है तो चाहे ब्लू यहाँ पर हो चाहे रेड यहाँ पर हो चाहे रेड यहाँ पर हो चाहे ब्लू यहाँ पर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर वाइट पीस है और उस पर जो भी कलर है उनके सेंटर उस उन दोनों कलर के सेंटर पीस के बीच में वो वाइट पीस होना चाहिए अब इसको इसके इन सेंटर पीस के बीच में लाते हैं तो ये रेड है ज़रूर लेकिन ये ग्रीन है अब हम इसको टर्न अप करते हैं ये ग्रीन है ये ऑरेंज है तो इसके सेंटर पीस से नहीं मैच हो रहा है ये ऑरेंज है ये ब्लू है बट हमें रेड नहीं है तो इसको हम टर्न कर देंगे तो देखिएगा ये रेड यहाँ पर आ गया है ये ब्लू यहाँ पर आ गया यानी कि वाइट सेंटर पीस एकदम से सही पोजिशन में तो हमको क्या करना है ये टू साइडेड ब्लॉक की तरफ इसको हमको रोटेट कर देना है और इसकी अपोजिट साइड को ऊपर उठा देना है और उसको बैग देना है इसको वापस कर दीजिएगा ठीक है वो हम अपने पोजीशन पर सेट हो गया अब और ऐसे ही नॉट जनरली हमें अपने वाइट सेंटर पीस को और येलो को ऊपर ऐसे रखना है वाइट सेंटर पीस को नीचे येलो सेंटर पीस को ऊपर अब और कॉर्नर को ढूंढते हैं एक कॉर्नर हमारा ये रहा अब इसको किस आ, कलर के बीच में सेंटर पीस को लाना है ऑरेंज एन ग्रीन तो ग्रीन तो है लेकिन ऑरेंज ये नहीं है ये रेड है एसेड टर्न अप कीजिए ये ग्रीन है ये ऑरेंज है ठीक है अब इसको टू साइडेड ब्लॉक की साइड इसकी फ्री है तो इसको एसेड घुमा दीजिए इसके अपोजिट साइड को टर्न अप कर दीजिए उसको बैक ला दीजिए फिर इसको बैक कर दीजिए ठीक है तो क्या हुआ वो भी अपनी पोजीशन पर जाकर सेट हो गया अब बचता है हमारा एक अब हमको क्या करना है ग्रीन और रेड के बीच में इसको लाना है तो ये ग्रीन है बट ये रेड नहीं है इसको ऐसे किया ये ऑरेंज है ये ब्लू है इसको ऐसे किया ये ब्लू है ये रेड है तो ये कैसे सही पर आया है नहीं अभी ग्रीन रह रहा है ये रेड है ये ग्रीन है हाँ टू साइडेड ब्लॉक के साइड घुमाना है बैक करना है जाना है फिर बैक करना है फिर अगेन करना है तो हमारा एक जो है एक और ना फिर भी रह गया अब देखते हैं ब्लू एंड ऑरेंज के बीच में इसको लाना है वही से वही करते हैं ब्लू एंड के बीच में आ गया टू साइडेड ब्लॉक बैक तो हम कैसे पता लगे कि हमारी एक फर्स्ट जो है आ, एक जो हमारी लेयर है वो कैसे कम्प्लीट हुई क्या कैसे एकदम से परफेक्ट लेयर बनी है हम पता लगाएंगे उसके ये हमारी बॉटम लेयर थी व्हाइट वाली तो हम पता लगाएंगे कि उसकी जो एकदम से ये जो ये लेयर है ये एकदम से परफेक्ट कलर की मिलकर बनी है तो हम तभी पता लगाएंगे कि हमारी जो लेयर बनी है वो एकदम से परफेक्ट बनी है हमको इस मैच को नहीं तोड़ना है इसके सेंटर पीस से अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड लेयर को सेकेंड लेयर को स्टार्ट करने के लिए अब हमें इसमें सेंटर पीस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम हमें जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ एच पीसेज की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है क्योंकि एच पीसेज लगने हैं यहाँ पर कॉर्नर पीस को हम अभी नहीं सेट करना कॉर्नर पीस आ जाते हैं थर्ड लेयर में सेकेंड uh, लेयर को कम्प्लीट करने के लिए हमको एच पीसेस चाहिए सेकेंड लेयर हम इसको कहते हैं जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो ये लेयर होती है इसको हम सेकेंड लेयर बोलते हैं ठीक है अब एच पीसेस हमको कोई टॉप लेयर में यानी कि इस लेयर में हमें ऐसे कोई एच पीसेस ढूंढने होंगे जो कि नॉन येल्लो कलर के हों ना येल्लो यहाँ पर हो और ना येल्लो यहाँ पर हो तो हमें ऐसे एच पीसेस ढूंढने होंगे देखते हैं ये है ग्रीन एंड ऑरेंज अब इस ग्रीन को इसके सेंटर पीस से मैच करा दीजिएगा जाके जैसे कि ये मैं मैच कराता हूँ ये मैच हो गया अपने ग्रीन सेंटर पीस से जाके अब हमको क्या करना है हमको ये देखना ये है कि जो ये ऊपर और ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ग्रीन तो आएगा ये जरूर आएगा या तो यहाँ पर मीन ये ग्रीन यहीं पर आएगा ये यह ग्रीन यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, आएगा तीन एच पीसेस चार एच पीसेस होते हैं तो हमको सेट करना ये दोनों सेट ऑलरेडी अब अब इसको देखना है कि ये कहाँ पर सेट होगा अब इधर देखते हैं इसका इधर है ये रेड कलर यानी कि इधर सारे रेड का बनेगा इधर है ऑरेंज इधर सारा ऑरेंज का बनेगा तो यानी कि जो ये सेंटर पी ये एच पी स लगेगा ताकि यहाँ पर जाकर ये ग्रीन आए और यहाँ पर ये ऑरेंज आए अब हमको क्या करना है सीधा सीधा जिस साइड हमको इस पीस को यहाँ पर प्लेस करना है तो इसके अपोजिट साइड इसको टर्न अप करना है इस लेर को जैसे यहाँ पर हमको ये प्लेस करना है ये वाला तो इसको उधर टर्न अप कीजिए ठीक है इसके अगेंस्ट इसको ऐसे कीजिए नाइन्टी डिग्री ठीक है और उसको बैक लाइएगा हम इसको भी ले गए थे हम इसको भी बैक लाइएगा तो अब देखना हमारा फिर से वही कंडीशन आ गई हम इसको फिर से वही ग्रीन और ऑरेंज को इसके सेंटर पीस के बीच में लाना ये ऑलरेडी है फिर से टू ब्लॉक साइड किया हमने बैक लाया इसको इसको बैक किया इसको बैक किया तो अपनी पोजिशन पर सेट हो गया यहाँ पर ही यह हमारा ग्रीन पर अपनी पोजिशन पर सेट हो गया ऐसे ही हमें दूसरा नॉन योग उसमें ढूंढना होगा तो मिल गया हमारा रेड एंड ग्रीन रेड को उसके सेंटर से मैच कराया अब ग्रीन इधर नहीं प्लेस होगा इधर प्लेस होगा यानी कि यहाँ पर जो है रेड प्लेस होगा ताकि रेड यहाँ पर है ग्रीन यहाँ पर है अब इसको फिर से इसके अपोजिट साइड बैक उसको बैक फिर से इसको उसके सेंटर पीस के बीच में और इसको फिर टू साइड ब्लॉक इस साइड पे दे तो ये भी हमारा एक अच्छे से प्लेस हो गया अगर हमारी कंडीशन हो जैसे आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ मैं आ, अगर जैसे हमने यहाँ पर इसको प्लेस करना था हमने उस साइड घुमाया अगर आपको कोई भी पीस यहाँ पर आता है हमको उसको यहाँ पर प्लेस करना है वो यहाँ पर है तो उसको एकदम से अपोजिट कर दीजिए इस डायरेक्शन में घुमा दीजिए इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए उसको बैक लाइएगा उसको बैक लाइए एकदम से अपोजिट कर दीजिएगा इससे जैसे कि मैंने नहीं कहता अब दूसरा देखते हैं हमें रेड मिला एक और नॉन येल्लो पीस हमको रेड से मैच किया और हमको अभी इसको इधर प्लेस करना है देखिए कंडीशन आ चुकी है अब हम इसको एकदम से इसके अपोजिट प्लेस करना है उसको उधर घुमा दीजिए इसको अब कर दीजिए हम उसको ले गए थे उसको वापस लाइएगा उसको ले अब ऐसे को ले गए थे हम उसको वापस लाइएगा तो देखिए कि हमारा जो है रेड अब हमको फिर ब्लू और रेड को इसके सेंटर पीस के बीच में लाना है ऑलरेडी इसके सेंटर पीस के बीच में है टू साइड ब्लॉक ऐसे टर्न तो अप करना है बैक साइड को करना है बैक करना है बैक करना है तो देखिए हमारा जो रेड है और ब्लू है वो दोनों अपने फिक्स पोजीशन पर आ चुके हैं अब हमारी सेकेंड लेयर जो है कम्प्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है बट एक कंडीशन ऐसी आ गई है कि ऊपर हमको एक नॉन एनलो और मिल गया इसको अब हम इधर प्लेस करना है तो क्या करिए इसको इसके साइड अपोजिट टर्न ऑफ कीजिए बैक तो हमारी सेकंड लेयर कम्प्लीट हो चुकी है कुछ हमारी और अलग कंडीशंस आती हैं उस कंडीशंस के लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं अगर मैं सारी वीडियोस को इसमें ही डाल देता अलग अलग कंडीशंस के तो आप ज़रूर इसमें डिस्टर्ब हो सकते थे इस वजह से मैंने अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग अपनी वीडियोज़ बना रखी हैं आप जाके मेरे सक्ष... मेरे चैनल पर जाके प्ले में वीडियोज़ में देख सकते हैं सेकेंड वन अब हमको सेकंड लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब हमको बनानी है थर्ड लेयर थर्ड लेयर के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा हमारे जो चार फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे हमको लर्न करने होते हैं वो चार फॉर्मूले सिर्फ हमारे थर्ड लेयर के लिए होते हैं यानी कि टॉप लेयर के लिए होते हैं ठीक है चार फार्मूलेज होते हैं हमारे टॉप लेयर के लिए होते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकेंड लेयर को बनाना बहुत ही ईजी है यानी कि हमको अगर एक बार हम समझ गए कंसेप्ट को थर्ड लेयर बनाना थोड़ी सी टिपिकल है इतनी भी हार्ड नहीं थोड़ी सी टिपिकल है अब थर्ड ईयर को हम बनाएंगे कैसे सबसे पहले हमें थर्ड लेयर में टॉप एक डॉट ढूंढना है डॉट ढूंढने के बाद हमको क्या करना है कोई भी सिर्फ सेंटर पीस ढूंढना है हमको ठीक है सेंटर पीस ढूंढना है टॉप लेयर पे येलो सेंटर पीस ऑलरेडी है अब हमें क्या करना है सें किसी भी साइड यानी कि इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड में हमको कोई ऐसा एच पेसेस ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर हो यहाँ पर हो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो ठीक हाँ है हमको नहीं मिलता है तो हमको क्या करना है कि जैसे मेरे को अभी नहीं मिला हमको क्या करना है एक फॉर्मूला होता है एफ आर यू आर यू एफ यानी कि एक फार्मूला होता है आपको स्क्रीन पे आपको नोटेशंस दिख जाएंगी हमारी जो क्लॉक होती है एफ आर यू का मींस एफ एफ का मींस कि किसी भी साइड को एक को पकड़ लीजिए ठीक है और फिर क्या करना है जैसे हमारी एक मिनट आपको आप एक मिनट क्लॉक देखिएगा क्लॉक में हमारा जो टाइम है जो भी चलता कैसे है कैसे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज. आपने अगर पढ़ा होगा और इसको अगर ट्वेल्व से वन पे जाए तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है तो हम यही इसी कंसेप्ट को इसमें यूज़ करेंगे ठीक है एक मिनट क्लॉक आप यहाँ पर रखिए अब हमको फॉर्मूला क्या है हमारा आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा फॉर्मूलेज है हमारा एफ ठीक है कोई भी एक साइड को पहले पकड़ लीजिए उसके बाद यह फॉर्मूला लगाइए ये हमारी फ्रंट होता है ठीक है ठीक है क्या अगर ना हमको f प्राइम f प्राइम का मीन्स होता है हमारा सॉरी सबसे पहला एक मिनट ये हमारा क्यूब है क्यूब के बाद हमको सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है ओनली एंड ओनली एक एक सेंटर एच पीसी के लिए जो कि हमारा यहां पर आ जाए अब हमको क्या करना है फॉर्मूला है हमारा एफ क्लॉक क्योंकि क्लॉक हमारी ऐसे घूमती हैं एक मिनट इसको देखते रहिएगा एफ़ क्लॉक हमने इसको ऐसे टर्न अप किया ठीक है उसके बाद अब अगर हम क्लॉक को ऐसे रख दें क्लॉक को हम रख ऐसे रख दें ऐसे ठीक है हमने ऐसे ऐप टर्न कर रखा है एफ़ क्लॉक क्योंकि ऐसे ठीक है उसके बाद इसको हम करेंगे राइट क्लॉक यानी कि इस क्लॉक में देखिए राइट क्लॉक वाइज राइट साइड को हम बोलते हैं ऐसे टर्न अप क्या उसके बाद अगर हम इसको क्लॉक को ऐसे रख दें ठीक है अब हमारा ऐसे होगा ये तो यानी कि आप क्लॉक वाइज देन अगेन हमारा फॉर्मूला आता है आर एंटी क्लॉक वाइज आर एंटी क्लॉक का मीन्स कि जो आर होता है ये ये लेफ्ट होता है ये अपर होता है ये हमारा फ्रंट होता है ठीक है ये हमारा फ्रंट होता है हमको क्या करना है अब आर एंटी क्लॉक का मीन्स जो हमारी राइट साइड है अगर हमारा राइट साइड ये है हमारी हमको क्या करना है ट्वेल्व से वन की ओर ले जाना है यानी कि ट्वेल्व से वन की ओर ठीक है आर एंटी क्लॉक और फिर ट्वेल्व से वन की ओर अप एंटी क्लॉक और फिर फ्रंट में है तो अगर ये हमारी फ्रंट फिर में है तो ट्वेल्व से वन की ओर यानी कि फ्रंट क्लॉक फ्रंट एंटी क्लॉक ठीक है जो भी हमने ट्वेल्थ से वन के हो जाएंगे वो सब एंटी क्लॉक है तो इससे हमारा क्या हुआ इससे हमारा डॉट जो है एच पी एक यहाँ पर आ चुका है ठीक है हमारा एक दो डॉट पीस आ चुके हैं यहाँ पर दो एच पी आ चुके हैं जो कि हमारे लिए काम उन्होंने ईजी कर दिया है अब क्या करना है किसी भी एक डॉट को पकड़कर उसको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है एफ क्लॉक R clockwise, up clockwise, R anti-clockwise, up anti-clockwise, F anti-clockwise. अब हमारी एक लाइन बन जाएगी ठीक है उस डॉट को बनाने के बाद अगर आपको यहाँ पर एक सेंटर पीस मिल जाता है हमको उसमें F R U वाली थ्योरम लगानी है इस थ्योरम के बाद हमको एक लाइन मिलेगी आपको पॉसिबल भी नहीं है कि आपको लाइन मिले आपको कुछ और कंडीशन भी मिल सकती है उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं हमको लाइन मिली लाइन के बाद क्या करना है लाइन के या तो इधर साइड या इधर साइड में हमको फिर से एक ऐसा एच बेसिस मिलेगा हमको क्या करना है फिर से वही थ्योरम लगानी है एफ क्लॉक वाइज आर क्लॉक अपर क्लॉक वाइज आर एंटी क्लॉक एंड फ्रंट एंटी क्लॉक ठीक है अब हमको एक जो है क्रॉस बन जाएगा परफेक्ट एक क्रॉस बन जाएगा हमको क्रॉस क्रॉसि बनाना है ऊपर क्रॉसिंग के लिए ये थ्योरम है ठीक है आप लिख लीजिएगा और अब आपको क्या करना है हमको एक परफेक्ट क्रॉस तो बन गया है अब जो क्रॉस जो है उसके जो है सेंटर पीस जो है ए, सेंटर पीस के बराबर वाले जो येलो पीसेज हैं एच पीसीज हैं उसके जो एडजेंट कलर हैं वो अपने सेंटर पीस से मैच करने चाहिए जैसे कि ये ब्लू ब्लू मैच कर रहा है लेकिन ये नहीं मैच कर रहा है ग्रीन ग्रीन मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आती है आपको क्रॉस बनाने के से पहले हमारे पास लाइन आई थी लाइन के बाद एल भी आता है लेकिन कभी कभी केसेस में एल आता है एल के लिए भी बहुत ही सिंपल है अब मैं आपके लिए उसके सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ अब देखिएगा इसको अब ऐसी कंडीशन जब आती है दो अपोजिट कलर के सेंटर पीस अपने मैच करते हैं तो क्या करिएगा किसी भी एक साइड को जैसे कि ये साइड में ऐसे फ्रंट में रख रहा हूँ और वाइट हमेशा नीचे रहेगा और येलो हमेशा ऊपर रहेगा तो इसको क्या करिए कि फिर से वही सेकेंड तो थ्योरा में है हमारी ठीक है आर एंटी क्लॉक वाइज अप एंटी क्लॉकवाइज सॉरी पैक कीजिएगा एक मिनट सॉरी बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो गई सेकेंड थ्योरा में हमारी किस चीज के लिए ताकि हमारे जितने भी येलो ये हैं एच पी से ये अपने कलर से सेंटर पीस से सब मैच करें जैसे कि ग्रीन अपने सेंटर पीस से मैच कर रहे हैं पूरा पूरा ब्लू अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है लेकिन इधर रेड नहीं कर रहा है ना ही इधर ऑरेंज कर रहा है अब हमको थ्योराम है हमारी आर क्लॉक वाइज अपर एंटी क्लॉकवाइज अप क्लॉकवाइज आर क्लॉकवाइज वाइज अप एंटी क्लॉकवाइज दो बार आप एंटी क्लॉकवाइज आर क्लॉकवाइज ठीक है यह हमारा इतना हुआ तो इसमें देखिएगा कि हमारा जो है कुछ भी इसमें फिर से नहीं हुआ है इसमें सिर्फ दो साइड के जो है कलर वो हो चुके हैं इसको छोड़ दीजिए जैसे आप अपने क्रॉस को ध्यान रखिएगा कि कम्प्लीट हो चुका है लेकिन अभी पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हुआ है ठीक है अब हमको क्या करना है कि जब भी हमारे पास ऐसे कंडीशन आती है कि दो साइड के जो हैं साइड मैच हो जाती है उनके सेंटर पीस के साथ तो हमको उसको एक को राइट एक को हमको बैक रखना है एक को हमको राइट की साइड रखना है और उस साइड को पकड़ हमको फिर से यही थ्योरम अपनानी है आर क्लॉक वाइज अप क्लॉक वाइज आर एन क्लॉक वाइज अप क्लॉक वाइज आर क्लॉक वाइज अप क्लॉक वाइज अप क्लॉक वाइज आर एन क्लॉक वाइज ठीक है अब ब्लू रेड ग्रीन और ऑरेंज कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो ऑरेंज को उसके सेंटर पीस से मैच करके देखते हैं देखिए ऑरेंज हमने सेंटर पीस से मैच हो गया इधर ब्लू भी मैच हो गया इधर रेड भी मैच हो गया इधर ग्रीन भी अगर आपका क्रॉस बन जाता है क्रॉस के लिए ओनली थियोरा में एफ आर यू आर यू एफ वाली ठीक है सेकेंड फ्लोरम में हमारी ओनली एंड ओनली सीफे सेंटर पीस को मैच कराने के लिए हमने दो कंडीशन आती हैं सेंटर पीस को मैच करने के लिए एक तो ये कि दोनों साइड्स के जो है सेंटर पीस मैच करते हैं तब भी आपको यही थियोरम अपने नहीं है आर यू आर यू आर यू टू आर वाली ठीक है अगर आपको ऐसे दो एडजस्ट मिल जाए दो ऐसे तो एक को बैक कर रखो एक रखे फिर से यह थ्योरम अपने जब तक आपके जो है सारे सेंटर्स मैच नहीं करते हैं और इसको जो है रोटेट करके देख लीजिएगा थर्ड रहा है हमारी कॉर्नर्स के लिए कॉर्नर्स क्या अपनी फिक्स पोजीशन पर हैं हम ये नहीं कहते हैं कि कॉर्नर्स यानी कि पूरा ऊपर येलो हो इधर ब्लू हो इधर रेड हो फिक्स पोजीशन का मतलब वो सेट तो, तो हो यहाँ पर सिर्फ मींस एक अपनी पोजीशन पर सेट तो हों लेकिन वो अच्छी तरीके से सेट ना हो आप कैसे नहीं समझ में आएगा जैसे एक एग्जाम्पल अभी तो नहीं है आप कॉर्नर देखिएगा इधर औरेंज है इधर येल्लो है ठीक है हम हम इन कॉर्नर्स को हमें ट्विस्ट करना है ट्विस्ट यानी कि इनको तोड़ के नहीं लगाना है ट्विस्ट करने से पहले अगर हमारा अभी ये कॉर्नर्स हमारे सेट ही नहीं है एकदम से अलग है ऑरेंज यहाँ पर है लेकिन ये कॉर्नर इधर सेट होना है इधर या इधर ठीक है तो ये सब अपने ट्विस्टेड है इसके लिए कॉर्नर्स को उनकी पोजिशन पर डालने के लिए हमारी चोरम है अप क्लॉक किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए उसमें भी ठीक है किसी भी एक साइड को उसको पकड़ लीजिए जैसे हमने रेट साइड को पकड़ा और अब उसको करते हैं अप क्लॉक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी अप एंटी देन ये होता है हमारा L, L एंटी क्लॉकवाइज। हमने L क्लॉक वाइज हमने क्लॉक वाइज क्योंकि आप एक क्लॉक को देख लीजिए हम ऐसे जाएंगे यानी कि हम ऐसे जाएंगे उसमें और फिर सेकेंड फिर से हमको वहीं पे रेड पे रह के हमको क्या करना है अप क्लॉक वाइज आर एंटी अप एंटी क्लॉक एल क्लॉकवाइज एल को में से क्लॉकवाइज क्यों किया वहाँ पर देखिएगा ठीक है क्लॉक में तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमारे जो कॉर्नर्स है वो अभी भी अपनी पोजीशन पर सेट नहीं हो पाए हैं फिर से देखिए देखिएगा एक एग्जाम्पल हमको मिल चुका है जैसे रेड और ब्लू इधर भी रेड है इधर ब्लू है यानी कि ये कॉर्नर जो है एकदम से करेक्ट प्लेस पर है अपनी अब हम उसको सिर्फ ट्विस्ट करना है यानी कि रेड को इधर लाना है ब्लू को इधर और येलो को उधर लाना है ठीक है तो उसके लिए हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं तोड़ने के ये सिर्फ थ्योरम से होगा और हमारे कोई भी कॉर्नर नहीं मिला है अगर जब तक हमारे कॉर्नर्स अपनी सही पोजिशन पर यानी कि ऐसे इस तरीके नहीं आ जाते हैं जब तक हमें जो है ये थ्योरम लगानी है अब हमारा जब जब भी हमारा कोई भी एक कॉर्नर अपनी सही पोजिशन पर आ जाए यानी कि फिक्स पोजिशन पर नहीं एक एकदम अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाए तो क्या करना है फिर से उस कॉर्नर को यहाँ पर ऐसे रख कर या या ये येल्लो यहाँ पर भी हो यानी कि बस वो यहाँ पर हो एक सही कॉर्नर जो कि ठीक है उसके कलर्स यहाँ दोनों हो यहाँ पर रखकर फिर से उसमें वही लगानी है आर आर अप क्लॉकवाइज वाइज आर एन टी आर क्लॉक वाइज अप एन टी क्लॉक वाइज एल एल क्लॉक देखिएगा अब हमारे जो ये कॉर्नर है रेड और ब्लू ये दोनों सही पोजीशन पर है ये कॉर्नर और ये तो फिक्स भी हो चुका है ग्रीन एंड ऑरेंज ग्रीन एंड ऑरेंज ये भी अपनी फिक्स पोजीशन पर है ये भी हमारा फिक्स हो चुका है ठीक है अब हमारे सारे कॉर्नर अपनी करेक्ट पोजीशन पर है बस अपनी फिक्स पोजीशन पर नहीं है फिक्स पोजिशन पर यानी कि ऑरेंज इधर नहीं है ग्रीन इधर नहीं है येल्लो इधर नहीं है अब लाने के लिए हमको क्या करना है अब हमारी जो है जो ये थियोरम है आपकी इसको दो बार रिपीट करना है जब तक हमारा की जो है येलो पीस ये जो कॉर्नर पीस है जब तक तो यहाँ पर ना आ जाए एक इस कॉर्नर को पकड़ लीजिए ध्यान रखिएगा कि येलो या तो हमारा यहाँ पर हो या यहाँ पर हो जब हमारे सारे कॉर्नर सेट हो जाए उसके बाद जो ये थ्योरम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी इसको तब तक हमको जो है रिपीट करना है तब तक हमारे जो है येल्लो यहाँ पर ना आ जाए और हमारा जो है पीस दोनों येल्लो पीस या पर होना चाहिए आज तक यहाँ पर होना चाहिए हमको करना है आर प्राइम यानी कि आर एंड टी D anti-clockwise, R clockwise, D clockwise, R prime, D prime, R D, R prime, D prime, R D, R prime, D prime, R D, R prime, D prime, R D, rd r'd. R prime, D prime डी प्राइम आर डी आर प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी देखिएगा फ्रेंड्स वो पहले सॉल्व हो चुका था लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया उस पर तो इस वजह से मुझे ज़्यादा देर तक ये थ्योरम रिपीट करनी पड़ी लेकिन जैसे ही आपका येल्लो पीस यहाँ पर आ जाए वो आर पर ऊपर आ जाएगा तो आपको डी को पैक करना है मतलब पूरी थ्योरम को कंप्लीट करना है जैसे ही वो ऊपर आ जाता है ठीक है जब जब तक थ्योरम को लगातार कंटिन्यूस करते रहना है जब तक हमारा येलो पीस यहाँ पर आ जाए और जब आ जाता है तो अपनी थ्योरम को कंप्लीट करके ही छोड़ना अब हमारी थ्योरम हो चुकी है मतलब ये कॉर्नर अपनी पोजीशन पर सेट हो चुका है अब क्या करना है हमको कि अब हमें इस कॉर्नर को करना है तो एक साइड से ही सारे कॉर्नर को सेट कीजिएगा अब इसको घुमा के इसके ऊपर ले आना ठीक है अब हमारा येल्लो यहाँ पर है इस बार नहीं है यहाँ पर तो फिर से वही थ्योरम आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी ठीक है आप ग्रीन को कर दीजिए उसके साइड में तो देखेगा फ्रेंड्स हमारा जो है क्यूब कंप्लीट हो चुका है एकदम से तैयार होकर तो और हमारी जो भी आपको आपके क्यूब्स की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं आप मेरी चैनल के इसमें जाके वीडियोस को देख सकते हो अलग अलग जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है जो भी आपके इसमें केसेज आते हैं ठीक है अलग अलग आपको इसमें सिचुएशंस आएंगी आप मैंने अलग अलग सिचुएशन की सबकी वीडियोस उसमें बना रखी हैं आप प्लीज़ उसमें जाके देख लीजिएगा थैंक यू